कृषि मंत्री कमल पटेल देवास के कन्नौज पहुंचे जहां उन्होंने मूंग दाल खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया मंत्री पटेल ने किसानों की संतुष्टि के लिए पूरे प्रदेश में फ्लैट काटे से तुलाई चालू करने के निर्देश दिए हैं इस दौरान उन्होंने किसान से कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर से सीधे देवास के ग्राम ननासा पहुंचे जहाँ उन्होंने मूंग दाल खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया इस दौरान कमल पटेल ने किसानों की उपज की सही तोल को लेकर तौल काटे का निरीक्षण किया कमल पटेल खुद एक किसान है इसलिए उन्हें सभी बारीकियों की जानकारी है वहीं किसानों ने कहा कि गलत तौल कर उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है जिसके बाद मंत्री पटेल ने खुद के सामने तौल कराई जिससे सभी किसान संतुष्ट नजर आए उन्होंने पूरे प्रदेश में फ्लैट काटे से तुलाई चालू करने के निर्देश दिए हैं सही है पर और या तो, तो और भैया सुनो कोई नहीं इसलिए मैं किसानों ऐसी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ अपने घर ऐसी गाँव के मजदूर को मजदूरी दोना लगा के लाओ ताकि यहाँ तुमको तीस रूपए नहीं देना पड़े वहाँ कितने में हो जाएगा हम तो रुपए इसलिए किसान को भी चाहिए कि माल साफ सुथरा है सरकार जो तुम्हारे खरीद रहेगी तो फिर कल को माल कम जाएगा तो अगले बार कुछ दिक्कत आएगी एक दो परसेंट के काम निन्यानवे परसेंट लोगों को ये सरकार किसानों की है तुम्हारी है तुम्हारे लिए कर रहे हैं अगर हम समर्थन मूल्य नहीं खरीदते तो ये चार बिकता और हम बेच के भी किसान तो तो तो जब से मैं मंत्री बना बनाऊँ शिवराज तब से ही हो रही खरीदी इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी करी क्या थे नहीं करी क्या नई भाषण कुछ भी देने स्टेटमेंट कुछ भी देने करा गया एक रूपए बीमा मिला क्या मिला हमारी सरकार आते सप्ताह में बाईस करोड़ रुपए अभी हम और कह रहे तो हैं छोटे किसान जो एक हेक्टर तक उनका बीमा एक उनका बीमा हो जाए तो फसल खराब हो तो उनको मिल जाए ये भी हम कहना रहे हैं आप देखिए कैसे मंत्री से मिला कैसे सचिव से मिला और अभी कार्को बनाना है इंदौर में यहां तो ताकि जाए तो माल व्यवहार कर जाए ताकि किसान को एम नहीं एम आर नहीं अरे आने शुरू हो गया बन गया थोड़े कल बन रहे लेकिन यहाँ क्योंकि एक कुंटल को दो ढाई हजार को ज्यादा मिलता है किसान को भी तीस हजार एक एक के किसान को जो सबसे छोटा किसान है एक एक वाला उसको भी ज्यादा मिल रहा है थोड़ा लेट होगा और दूसरा मेरा कहना है किसान फसल आती है ठीक है ना फसल दो महीने किसान किसान की मजबूरी बेचारे की सौ में से छियासी किसान तो छोटे उनको तो खाद भी दवाई घर की, की किराना सामान बच्चे की भी तो उसको तो फसल आई नहीं उसके पहले बेचना पड़ता अब मंडी में अपन मान लो ये मंडी है मंडी में व्यापारी है पचास या 100 उनकी क्षमता दो तो हजार रूपए खरीद कुल और अपन 5000 माल लेकर जाएंगे तो बोली क्यों लगाएंगे तुम किसानी व्यापारी हो लगाओ तो लगाओगे क्या बोली नहीं लगाएंगे मांग और पूर्ति का भाव रहता मांग ज्यादा पूर्ति का कमल पटेल ने वहाँ मौजूद किसानों ऐसी समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा भी की जिसमें उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनसे फसल नहीं खरीदती है तो करीब डेढ़ हजार का किसानों को नुकसान होता है किसानों ने बताया कि सरकार ने हमारे फसल की खरीदी करके हमारी आय दुगनी कर दी है कमल पटेल ने किसानों को बताया कि सरकार शीघ्र ही किसानों से मूंग की फसल की खरीदी 25 क्विंटल से बढ़ाकर चालीस क्विंटल करने जा रही है जिस पर किसानों ने पी और सीएम का आभार जताया